नमस्कार दोस्तों मैं रविकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिस्टोरिकल बायोग्राफी पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शाहजहाँ के जीवनी से जुड़ी कुछ बातें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शाहजहाँ अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा था तथा पाँचवा मुगल शाहनशाह था शाहजहाँ का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी पंद्रह ईस्वी को लाहौर में हुआ था शाहजहाँ को अकबर ने गोद लिया था और उसे एक महान योद्धा बनाने में अकबर का बहुत बड़ा योगदान था भोग भोगविलासी होने के साथ साथ न्यायपसंदी राजा भी था लेकिन उसकी छवि एक आशिक के तौर पर बन गई थी शाहजहाँ अपनी न्यायप्रियता और वैभव बिलासिता के कारण अपने काल का बहुत ही लोकप्रिय शासक रहा शाहजहाँ का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेकम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया था शाहजहाँ ने ठीक वैसे ही गद्दी हासिल की थी जैसे उसके पिता जहांगीर ने हासिल की थी यानी छल कपट से एक बड़ा कुशाग्र बुद्धि साहसी और शौकीन बादशाह था शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था जिसका हिंदी अर्थ होता है दुनिया का राजा और खुश मिजाज खुर्रम जहांगीर की दूसरी संतान था अकबर के निकट रहने से शाहजहाँ के अंदर भी तीक्ष्ण बुद्धि और कला का कला के प्रति आकर्षण जागृत हुआ शाहजहाँ के उसके पिता जहांगीर से अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि जहांगीर अपनी दूसरी बेगम नूरजहाँ की बात अधिक मानता था और उसकी बातों को तवज्जो देता था नूरजहाँ यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ राजा बने और उसे रोकने के लिए अक्सर षडयंत्र रचा करती थी जिसके चलते शाहजहाँ और जहांगीर में ज़्यादा नहीं बनती थी शाहजहाँ का विवाह बीस वर्ष की आयु में नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री आर्जूमंद बानू से सन सोलह ईस्वी में हुआ वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियामा बेगम हुई जिसे शाहजहाँ ने मलिकाया जामनी का उपाधि प्रदान की बीस वर्ष की आयु में शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई नूरजहाँ आसफ खान और उसके पिता मिर्जा ग्यास बेग जो जहांगीर शासन के करता धर्ता थे शाहजहाँ के विश्वसनीय समर्थक हो गए शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि शांत शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे शाहजहाँ की प्रारंभिक सफलता का रूप 1614 सौ ईस्वी में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना जाता है सोलह सौ ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर सोलह ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहाँ को शाहजहा की उपाधि दी थी 24 फरवरी 1628 सौ ईस्वी में शाहजहा अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण साहिब का खिताब प्राप्त कर गद्दी पर बैठा और अपने सबसे बेहतरीन शासनकाल की शुरुआत की 1606 सौ ईस्वी में शाहजहां को 8000 जात और 5000 सवार का खिताब प्राप्त हुआ शाहजहां का बेहद पसंदीदा माने जाने वाला आसफ खान को वजीर का स्थान प्राप्त मिला हुआ इसने अपने महावत को खान खाना की उपाधि दी ऐसा माना जाता है कि ये दोनों शाहजहां के सुरक्षा कवच बनकर साथ रहते थे शाहजहां के तीस साल के शासन काल में ही मुगल वंश के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है अकबर ने जिस क्षेत्र की स्थापना की थी उसे शाहजहां ने विस्तार किया बहुत खूबी से शासित किया शाहजहाँ का शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था लड़ाइयाँ कम होती थीं और राजकोष भरा होता था यहाँ के लोग खुश और संतुष्ट रहते थे अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए उसने भेदभाव रहित एक अच्छे न्यायाधीश और प्रजा के लिए एक कुशल शासक के रूप में अपनी छवि स्थापित कर ली थी विभिन्न विदेशी देशों के साथ भी उसके संबंध अच्छे थे जिसके कारण उसे विदेशी व्यापार में सहायता मिलती थी शाहजहां कला और वास्तुकला का बहुत बड़ा पसंदगा था सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है जो दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर काल भी कहा जाता है सन सोलह में उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और नई राजधानी को शाहजहाबाद का नाम दिया शानदार लाल किला को निर्मित कराने में उसे लगभग 10 साल लग गए थे इन शहरों में बाजार मस्जिद उद्यान महल आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला दीवान आम दीवान खास दिल्ली का जामा मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद भी बनवाए। 8 अप्रैल 1648 को मुगल शासकों के मयूर सिंहासन एक विशाल किला का रूप दे दिया जिसे आज हम आगरा के लाल किले के नाम से जानते हैं शाहजहाँ को पेड़ पौधे और बगानों का बड़ा शौक था उसके निवास के आसपास कई तरह के फूल और बगान लगाए गए थे हर समय इसका ख्याल रखा जाता था 1631 सौ ईस्वी में 14वीं संतान के प्रसव पीड़ा के कारण आर्जूमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की मृत्यु हो गई उसके प्रेम योग में शाहजहाँ पूरी तरह से टूट गया और मुमताज के याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया कहा जाता है कि मुमताज और शाहजहाँ दोनों की मुलाकात एक बाज़ार में हुई थी और उसके बाद दोनों की सगाई हुई थी सगाई होने के पाँच साल के बाद 10 मई 1612 सौ ईस्वी को दोनों की शादी हुई थी मुमताज के अलावा शाहजहाँ की अन्य और भी पत्नियां थीं लेकिन सबसे ज़्यादा करीब मुमताज ही थी कुछ इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि शाहजहाँ मुमताज के फरमान से ही अपनी फैसला को सुनाता था जब मुमताज अपने आखिरी समय में थी तब उसने शाहजहाँ को बुलाया जब शाहजहाँ कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया और उसे अंदाज़ा हो गया कि मुमताज़ ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी शाहजहाँ एक कट्टर इस्लाम पसंदी शासक था उसने 1633 सौ ईस्वी में पूरे साम्राज्य में हिंदू मंदिरों को घिरा देने का फरमान सुनाया जिसके फलस्वरूप बनारस इलाहाबाद गुजरात और कश्मीर के अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़े गए शाहजहाँ ने लाखों हिंदू परिवारों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला और जिसने भी शाहजहाँ का विरोध किया उसका बेरहमी से कत्ल करवा दिया शाहजहाँ ने सोलह में यह पाबंदी लगा दी कि यदि कोई मुसलमान महिला हिंदू मर्द से शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह इस्लाम धर्म को स्वीकार न कर ले पुर्तगालियों से युद्ध होने पर उसने आगरे में गिरजाघरों को तुड़वा दिया अपने शासनकाल के सातवें वर्ष में शाहजहां ने यह आदेश जारी किया कि यदि कोई स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए एक अलग विभाग ही बना डाला था जिसका काम ही हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाना था इतने घिनौने कृत्य के बाद भी वह अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए न्याय करने में बिल्कुल भी देरी नहीं पसंद करता था ऐसा माना जाता है कि मुमताज के मौत के बाद दो साल तक शाहजहाँ सा शोक में डूब गया था और अपने सारे शौक त्याग दिए थे न तो वह शाही लिबास पहनता था न ही शाही जलसे में शामिल होता था शाहजहाँ के कुल चौदह संतानें थीं जिनमें सिर्फ सात जीवित बची थीं जिसमें चार लड़के और तीन लड़कियां थीं चार लड़कों का नाम था दारा सिको शाह सुजा औरंगजेब और मुराद बख्श इन सभी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी शाहजहां की तीन बेटियां थी जिनका नाम था जहां आरा रोशन आरा और गौहर आरा शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके चारों बेटों में सोलह सौ सन्तावन ईस्वी में गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया शाहजहां चाहता था कि दारा सी को गद्दी संभाले क्योंकि वह ज्यादा समझदार और पराक्रमी था उसने भगवत गीता योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण की अनुवाद फारसी में करवाया था लेकिन उसके पुत्र औरंगजेब ने छल से शाहजहाँ को के गद्दी पर अधिकार कर लिया 18 जून सोलह को शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया आठ साल तक औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद में रखा जिसके कारण शाहजहाँ बीमार रहने लगा और 31 जनवरी 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई इसी के साथ राजा का अंत हो गया और बेटे औरंगजेब ने शाहजहाँ की और बेटे औरंगजेब ने शाहजहाँ से अधिक क्रूरता दिखाई आशा करते हैं कि आपको शाहजहाँ के जीवन परिचय की पूरी जानकारी मिली होगी अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल बेलाइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें सबसे पहले मैं ऐसे ही आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे धन्यवाद